हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल एस के आर टैकवाड आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया होगा या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा उसकी हेल्प से आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाले होंगे आज हम सीखेंगे पेंट में कैसे हम ये कर सकते हैं फाइल पर जाएंगे जो भी आपका पे क्या आप यहाँ पर ले आएँगे ये पिक मैंने यहाँ पे कर लिया अभी मैं इस पिक को देख पा रहा हूँ ये पासपोर्ट साइज़ में नहीं है तो सबसे पहले आप रिसाइज़ के ऑप्शन पर जाएंगे बाई परसेंटेज सेलेक्ट होता है एक पिक्सेल का ऑप्शन होता है तो परसेंटेज में ही ठीक है हम यहाँ पे हैं यहाँ पर अब सपोज़ का साइज़ हमको तो थोड़ा इस्मॉल करना है हंड्रेड हंड्रेड आ रहा है हमको इसको थोड़ा सा इस्माल करना है थोड़ा स्मॉल साइज़ करना है सपोज़ हमें सेवेंटी कर दिया अभी हमने ओके किया अभी हम इसको देख पा रहे हैं ये साइज़ हो गया अभी अगर आपको और छोटा करना है तो फ्रेंड्स अगर आप अभी यहाँ सिक्सटी करेंगे उससे पहले मैंने सेवेंटी किया था तो वो सेवेंटी होने के बाद ये पिक आया है ये पिक है तो फ्रेंड वो इस पिक का सिक्सटी परसेंट हो जाएगा तो और भी छोटा हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा ठीक है फ्रेंड तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आपने एक बार ई किया और आपने जो साइज़ दिया सपोज़ आपने जैसे सेवेंटी दिया अपने सेवेंटी किया आप यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी आ जाएगा ये सेवनटी हो गया अगर आपको ये लगता है जैसे सेवनटी साइज सेवेंटी साइज जो है अगर हमें लग रहा है कि ये साइज जो है थोड़ा अभी बढ़ा है थोड़ा और छोटा करना है तो आप पहले कंट्रोल जेट प्रेस करके एक्चुअल इमेज पर आएंगे अब आप सिक्सटी करेंगे तो वो इस इमेज का सिक्सटी होगा अभी सिक्सटी परसेंट किया अभी वो उस अब इस इमेज का सिक्सटी परसेंट हुआ तो अभी हमें ठीक लग रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे आ, इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इस तरह से ये बना हुआ आएगा आइकन अब माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप इस तरह सेलेक्ट हो गई है ठीक है सेलेक्ट हो गई है अब इसको हम कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे सेम टू सेम इमेज आपकी यहाँ आ गई है फिर पेस्ट करेंगे ये इमेज यहाँ आ गई है फिर पेस्ट कर लेंगे ये इमेज आपकी यहाँ आ गई है इसी तरह से आप इन सभी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके माउस से लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करके इन सभी इमेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे माउस से लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप ये पेस्ट करेंगे फ्रेंड्स जी सेम टू तो सेम इमेज आपकी यहाँ पे भी आ गई है ठीक है फ्रेंड्स अब आप इन्हीं को सस, इन सबको एक साथ माउस से लेफ्ट क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट हुएंगे एक बार से करते हैं इनको ऐसे माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे अभी सिलेक्ट हो गई है, फिर कॉपी कर लेंगे फिर पेस्ट कर लें फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे अब आप इनको सबको नीचे इस तरह से ले आएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बन तैयार होते हैं इस तरह से आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ जाएंगे जितनी कॉपी आपको निकालनी है आप कॉपी निकाल सकते हैं आप सिंपली यहां पे जाके प्रिंट दे जो भी आपका प्रिंटर हो उससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो फ्रेंड इस तरीके से आप प्रिंट की हेल्प से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू